हम देखते हैं कि कोचा बांबा नाम के एक देश में एक आता है फिल्म, फिल्म, फिल्म आदमी आता है सभी वहाँ पर मेहनत से काम करने के लिए आए थे और डेनियल चाहता था की सबको बराबर का मौका मिले इस बात को लेकर डेनियल और कास्टा के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है और किसी तरह सबेस्ट इस झगड़े को रोकता है और उस सभी को ऑडिशन के लिए बराबर का मौका देने की बातें भी करता है कास्टा के अनुसार कोचाबा में लोग बेसिक चीजों के लिए ही लड़ रहे थे तो थोड़ा सा पैसा भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत है और इस तरह उनकी फिल्म के लिए बहुत सारा पैसा बच जाएगा और पैसा बचाने के लिए फिल्म के क्रूज का काम भी कास्टा लोकल लोगो से ही करवाता है इधर हम देखते है की कोलम्बस किसी तरह आदिवासियों से सोना निकलाया करता था और यही उनकी फिल्म की कहानी भी थी फिल्म का मेन हीरो अच्छा तो एक्टर एक्टर के, के साथ उसकी बेटी बालन भी काम करती है फिल्म के साथ में बारिया वहाँ के लोकल लोगों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है की गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चल रही वाटर की सप्लाई कंपनी की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को पानी तक ठीक से नहीं मिल रहा था तभी वहाँ पर वाटर सप्लाई की गाड़ी आती है जिसे देखकर डेनियल और उसके साथी उनको डराकर उनकी गाड़ी तोड़कर उनको वहां से भगा देते हैं अगले दिन पुलिस वहां पर आकर लोकल लोगों की पानी वाली जगह को सील कर देती है और बारिश भी उस जगह पर कई सालों से नहीं हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भगवान भी ये नहीं चाहते थे कि उन लोगों को पानी मिले इस घटना के बाद में लोकल वाटर सप्लाई की कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और डेनियल इस प्रोटेस्ट का लीडर था बारिया ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर रहा था और कास्टा बारिया को इन सब से दूर रहने को कहता है अगले दिन डैनियल और बैलेन फिल्म सेट पर जाते हैं और कास्टा डैनियल को शूटिंग पूरा नहीं होने तक उस प्रोटेस्ट से दूर रहने को कहता है नहीं तो ये उनकी फिल्म के लिए बहुत बुरा होगा तभी कास्टा को किसी का कॉल आता है और वो इंग्लिश में बात करके किसी को बता रहा था कि लोकल को थोड़े से पैसे देकर उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन यहाँ पर डैनियल को इंग्लिश आती थी अब अगले दिन फिल्म की शूटिंग में डैनियल की एक्टिंग की सभी लोग तारीफ करते हैं कास्टा और डेनियल एक दूसरे को देखते हैं लेकिन वे दोनों कुछ बातें नहीं करते हैं और यही सब सोचकर रात को कास्टा सो नहीं पाता है और डेनियल के घर जाकर वो उसके बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है जिस के लिए मना रहा था। लेकिन लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहते थे तब डेनियल भी अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट में जोरों शोरों से जुड़ जाता है कास्टा और सेबेस्टिन डेनियल की इस हरकत को देख लेते हैं अब उसी दिन एक पार्टी के दौरान कास्टा और सेबेस्टिन टाउन के मेयर से मिलते हैं और दोनों टाउन के मेयर से वहाँ के लोकल लोगों की वाटर सप्लाई और बाकी के प्रॉब्लम के बारे में बातें करते हैं और टाउन का मेयर उनकी बातों को इग्नोर कर देता है अब धीरे धीरे देश की हालत खराब हो रही थी और वार के टाइम पर फिल्म के क्रियो वहाँ से अपने देश वापस लौटना चाहते थे लेकिन सबेस्टिन फिल्म खत्म किए बिना वहाँ से नहीं जाना चाहता था फिल्म के बारे में बात करने के लिए वे सभी डैनल के घर पर जाते हैं और कास्टा डैनल को पूरी फिल्म करने के लिए पैसों का ललाश देता है ताकि वो शूटिंग चलने तक प्रोटेस्ट नहीं करें डेनियल शूटिंग के लिए मान जाता है लेकिन वो कभी भी अपने लोगों के हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ेगा अगले दिन शूटिंग पे सभी लोग डेनियल का वेट कर रहे थे लेकिन डेनियल तो आया ही नहीं था और पूरे क्र्यू का एक और शूटिंग का दिन बेकार चला गया था अब रात को न्यूज से फिल्म क्र्यू को ये पता चलता है कि प्रोटेस्ट के समय पुलिस ने डेनियल को अरेस्ट कर लिया है और उसे बुरी तरह मारा पीटा है कास्टा की अथॉरिटी के साथ में अच्छी पहचान थी तो वो अपने कनेक्शन की मदद से डैनियल को जेल से बाहर निकालने में लग जाता है पुलिस स्टेशन में पुलिस सिर्फ शूटिंग के लिए ही डेनियल को छोड़ने के लिए राजी हुई थी और शूटिंग खत्म होने पर पुलिस फिर से उसे जेल में डाल देगी सबेस्टियन और कास्टा ये नहीं चाहते थे कि डेनियल फिर से जेल में जाए ये भी हो सकता है कि डेनियल इसके बाद में जिंदा नहीं बचे क्योंकि पुलिस उसे पीट पीट कर मारना चाहती थी फिर भी दोनों पुलिस की बात मानकर शूटिंग के लिए डेनियल को अपने साथ में ले जाते हैं डैनियल को इस बारे में कुछ नहीं पता था और दोनों को एक और मौका देने के लिए थैंक यू भी करता है अगले दिन डेनियल अपने कमाल की एक्टिंग से अपना शूट खत्म करता है और क्र्यू मेंबर सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आकर डेनियल को बिना कुछ बोले अरेस्ट कर लेती है और ये देखकर कर डेनियल के दोस्त पुलिस को रोकते हैं और यहाँ तक कि पुलिस की कार भी पलट देते हैं पुलिस गुस्से में उन लोगों पर गोलियां चलाना चाहती थी पर किसी तरह सेबेस्टन और कास्ता बात को संभाल लेते हैं और इसी दौरान डेनियल भाग जाता है और पुलिस भी वापस चली जाती है लोकल गवर्नमेंट की लड़ाई दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और रेगन और बारिया किसी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे यहाँ पर वॉर के समय रहना सबके लिए खतरा बन सकता था लेकिन सबस्टेन रिक्वेस्ट करके उनको रोक लेता है उनकी फिल्म अभी भी अधूरी थी और क्रियू मेम्बर नई लोकेशन के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डेनियल की वाइफ तारीशा आती है क्योंकि प्रोटेस्ट के समय उनकी बेटी बालन को बहुत चोट लगी थी वो डेनल भी गायब है बेलन को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए वो कास्टा से मदद मांगती है और कास्टा इस बारे में सबास्टियन को बताता है पर सबास्टियन इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था सबास्टन को बस अपने क्रू मेंबर्स को बचाना था कास्टा तरीशा की मदद के लिए वहाँ पर रुक जाता है और सबास्टियन अकेले सारे क्रू को लेकर एक अच्छी और सेफ प्लेस के लिए निकल जाता है अब वॉर के बीच में किसी तरह एक छोटे से क्लिनिक में तारिशा और कास्टा को बालन मिल जाती है और बालन बुरी तरीके से जख्मी थी इस तरफ फिल्म क्रू पुलिस चेक पर रुक जाते हैं वे नोटिस करते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों को बुरी तरह से एब्यूज किया जा रहा है ये सब देखकर कर क्रू मेम्बर अपनी सेफ्टी के रहे थे और पुलिस उनको एयरपोर्ट तक जाने देती है सभी क्रू मेम्बर चले जाते हैं लेकिन सबस्टन और एंटन कास्टा के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और इधर कास्टर टाइम रहते बेलन को हॉस्पिटल पहुंचा देता है बेलन बच तो जाती है लेकिन अब जिंदगी भर वो ठीक से नहीं चल पाएगी और अब जब बेलन ठीक होता है तो कास्टर डेनल को ढूंढने जाता है ताकि बेलन अपने फादर डेनियल को देख पाए वॉर खत्म होने के बाद में पूरा टाउन बर्बाद हुआ पड़ा था और कास्टा को डेनल कहीं नहीं मिलता है तो फिल्म के सेट पर जाता है वो देखता है कि वहाँ पर इनकम्प्लीट फिल्म की स्क्रिप्ट थड़ी थी जो कि वे लोग इतनी मेहनत के बाद भी पूरा नहीं कर पाए थे वो तभी वहाँ पर डैनियल आता है वो डैनियल कास्टा को थैंक यू कहता है जो उसने इतनी मुसीबत में भी बैलन को बचाया यहाँ पर हमें पता लगता है कि डैनियल का प्रोटेस्ट काम आया है और अब वाटर सप्लाई की कंपनी उस टाउन से हट गई है फिर जाने से पहले डैनियल कास्टा को एक गिफ्ट देता है और आखिरी बार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं कास्टा फिर डेनियल के गिफ्ट को खोलकर देखता है तो गिफ्ट है एक पानी की थी। और लोग अपनी बेसिक जरूरतों को लेकर भी तड़प रहे थे कास्टा पहले सोचता है की थोड़े से पैसों के लिए टाउन के लोग कुछ भी कर लेंगे पर धीरे धीरे वहाँ के लोकल लोगों की प्रॉब्लम को समझ कर उसे भी रियलाइज होने लगा था की लोग